तुम्हारा जावाज सिपा चुंडा हुआ बड़ी आदमी के साथ साथ हमारे एक भी सिपाही को किले के अंदर दाखिल होने नहीं लगे इसलिए हमने खुद अपने हाथों से मार दिया भले से मारने के बाद हम भी वो आसानी से नहीं था इतने लम्हे उसने भाले पर बड़े पड़े गुजार बहुत सख्त जान था